तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक नहीं कहा तो वीडियो को लाइक कर दे यार गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में